E team का कोई अपडेट दीजिए फिलहाल कोई अपडेट नहीं है अभी थोड़ा-बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत कर रहे हैं। थोड़ा रहे हैं, हैं, खेल ना कुछ कुछ चीजों में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं गेम तो नहीं आएगा तब तक इतना ऐसा नहीं है बस भैया भैया आप क्या कहते हो गेम आएगा उम्मीद छोड़ देनी चाहिए देखो यार उम्मीद का है यार गेम की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे छोटे से उम्मीद पे तो पूरी दुनिया चल रही है आज के तारीख तो जो तो गेम तो आएगा आ, मेरे हिसाब से क्या तो जनवरी में आ रहा है हैं तो नहीं। है, तो, तो, तो पहले रहे